वेलकम टू आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में जो चेंजमेंट किया गया है उसके बारे में यहां पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं अब मैं देखूंगा स्लेबर्स में जो चेंजमेंट किया गया है वे क्या है साथियों आज की इस पोस्ट में हम आपको इंजीनियरिंग ड्रॉइंग न्यू स्लेबर्स दो के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं जैसा कि आपको पता है कि अब तक आई में आपके पांच सब्जेक्ट मतलब पांच सब्जेक्ट कौन कौन हैं ई मतलब इंजीनियरिंग ड्राॅइंग प्रैक्टिकल ट्रेड थ्योरी इम्प्लाइबिलिटी स्किल डब्ल्यू का मतलब वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के ये पांच पेपर होते थे तो अब से आई में इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का पेपर नहीं होगा अब देखेंगे आगे हम अब ऐसे में आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आईटीआई में अब आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना होगा तो ये आप गलत सोच रहे हैं देखिए आपको साफ साफ बता दूँ कि आईटीआई में इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ में मर्ज कर दिया गया है साथ ही इसके ड्यूरेशन को घटा कर घंटे कर दिया गया है सही तो ये है कि आईटीआई में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग से पेपर नहीं होगा इसके क्वेश्चंस मर्ज किए हुए सब्जेक्ट के पेपर में आएंगे तो चलिए देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को किस सब्जेक्ट के साथ मर्ज किया गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग को दो तो सब्जेक्ट के साथ मर्ज किया गया है प्री हैंड इंजीनियरिंग ड्राॅइंग मतलब बिना कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए हुई ड्राइंग को हम प्री हैंड ड्राइंग बोलते हैं को फॉर्मेटिव असमेंट के साथ मर्ज कर दिया गया है फॉर्मेटिव असमेंट क्या चीज़ है जो आईटीआई कॉलेज होते हैं वे इंटरनल मार्किंग करते हैं उस मार्किंग को हम फॉर्मेटिव असमेंट के अंतर्गत रखा गया है जो कि फॉर्मेटिव असमेंट होता है टोटल दो नंबर्स का होता है तो मतलब प्री हैंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है फॉर्मेटिव असाइनमेंट के अंतर्गत रख दिया गया है सेस का जो पार्ट्स बचेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में सेस इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू क्वेश्चन स्ट्रेट थ्योरी में मर्ज किया गया है नोट ये नियम किस सत्र के बच्चों में लगेगा यह सिर्फ दो हजार 2021-22 दो हज़ार इक्कीस बाईस या इसके आगे वाले छात्रों पर लागू होगा मतलब ये जो स्लेबस का चेंजमेंट है ये सत्र 2020 में जिन कैंडिडेट्स ने एडमिशंस लिया हुआ है वो चाहे एक साल की ट्रेड वाले हों या दो साल की ट्रेड वाले हों सभी छात्रों पर ये नया स्लेबस लागू किया जा रहा है जो कि आपकी परीक्षा जुलाई 2022 से स्टार्ट होनी है दो हज़ार में सेकेंड ईयर कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम इस्टार्ट होंगे और दो हज़ार का मतलब जिन छात्रों की ट्रेड एक साल की होगी उन छात्रों की और जिन छात्रों ने 2021 में एडमिशन लिया होगा ऐसे छात्रों की फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी इन सभी छात्रों की जो परीक्षा होगी वह जुलाई या अगस्त माह से स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पूरा टाइम टेबल जो एनसीबीटी ने जारी कर दिया गया है वह भी आपको मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या चेंजमेंट किया गया है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्कशॉप ऑफ कैलकुलेशंस का जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट के साथ मर्ज कर दिया गया है वर्कस कैलकुलेशन के काफ़ी चैप्टर्स तो हटाए गए हैं और जो चैप्टर्स बचे हैं वर्कस ऑफ के कर सब्जेक्ट को ट्रेड थ्योरी के साथ में मर्ज कर दिया गया है अब इस न्यूज के अनुसार अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट को भी ट्रेड थ्योरी के साथ में मर्ज कर दिया गया है मतलब अब आपका शी, एक सिंगल पेपर होगा जिसमें ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग तीनों सब्जेक्ट का एक ही पेपर लिया जाएगा और मेरी जानकारी के मुताबिक लग रहा है कि आपका सिक्सटी फोर्टी का पेपर तैयार होगा लगभग हंड्रेड क्वेश्चन आपके आएँगे जिसमें कि 60 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के आएंगे और 20 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के और 20 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के ये मेरे को ऐसा लगता है कि आपका जो नया पेपर बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा जो कि अभी तक जितनी नोटिस जारी हो चुकी हैं एनसीबीटी के अनुसार अब मैं दिखाता हूँ ऑफिसली जो लेटर जारी हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करा दे रहा हूँ डी ट्रेड इन ट्वेंटी ग्रुप अंडर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम सी टी एस सी टी एस मतलब आई टी आई कैंडिडेट इसके अंतर्गत आते हैं सी टी एस के अंतर्गत अब हम देखेंगे अंडर क्राफ्टमैन स्कीम सी टी एस अपलिकेबल फ्रॉम 2021-22 सेशंस ये जो आपका सलेबस लागू होगा नया वह दो हज़ार से लागू किया जाएगा जिन कैंडिडेट्स ने 2021 में एडमिशंस लिया गया लिया हुआ है ऐसे कैंडिडेट्स पर ये नया सलेबस लागू होगा प्लीज़ नोट डैट प्री हैंड इंजीनियरिंग ड्राइंग विल बी असिस्ट एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असमेंट वाइल एफ फ्यू एम सी क्यू क्वेश्चन ऑन ई डी विल बी पार्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी कंप्यूटर बेस्ट सी बी टी अभी मैंने आपको पहले ही बताया था अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है पार्टी मतलब प्री हैंड ड्राॅइंग जो होगी आपकी फॉर्मेटिव असमेंट के अंतर्गत उसका एग्ज़ाम क्स्ट जो होगा पार्ट बी इसका आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा जो कि ट्रेड थ्योरी के साथ में मर्ज कर दिया गया है ट्रेड थ्योरी के साथ में इंजीनियर ड्राइंग को भी मर्ज किया गया है और पिछली वीडियो मैंने आपको बताया वर्क ऑफ कैलकुलेशन के भी पार्ट्स को इसी ट्रेड थ्योरी के साथ में मर्ज कर दिया गया है आगे देखें आल्सो नो डेट फॉर ड्राफ्ट मैन ऑफ ट्रेड ईडी विल बी पार्ट ऑफ ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम चेंज इन देयर स्लेबर्स इफ एनी विल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली ये जो ड्राफ्ट मैन ग्रुप के की जो होती हैं इनमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर आएगा वह प्रैक्टिकल के साथ में इनका एग्जाम लिया जाएगा ऊपर जो मैंने आपको बताया वे वे जो है इंजीनियरिंग ट्रेड वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए ऊपर की कंडीशन लगेगी और ये जो ड्राफ्टमैन ट्रेड के बच्चे होंगे इनके लिए ये कंडीशंस लगेगी इनका पेपर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ में ही कंडक्ट कराया जाएगा इस तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो स्लेबर्स से यहाँ पे दिख रहा है आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग ई अंडर सीटीएस टी डिवाइस इंजीनियरिंग ड्राॅइंग सर्कुलम ऑफ वन ईयर इंजीनियरिंग ग्रुप ऑफ ट्रेड्स ऑफर्ड अंडर क्राफ्ट मैं ट्रेनिंग स्कीम अब यहाँ पर सारी डिटेल्स पर दी गई है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं किस किस से वन ईयर की ट्रेड वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिया गया है लाइन्स के बारे में दिया गया है इस स्लेबस में नेक्स्ट दिया गया है ड्राइंग ऑफ जोमेटिकल फिगर के बारे में डायमेंसनिंग सिम्बोलिक रिप्रजेंटेशन कॉन्सेप्ट ऑफ द रीडिंग ऑफ ड्राइंग इन रीडिंग ऑफ जॉब ड्राॅंग रिलेटेड ट्रेड्स इस तरीके से आपके टोटल फोर्टी हावर्स ये आपकी टाइमिंग दिखा रही है नेक्स्ट जो आ गया है आपका ग्रुप टू अब ग्रुप टू के अंदर गोलर technician आती है इस तरीके सभी trades के बारे में यहाँ पर engineering trade का स्लेब्स भी आ गया है ये लगभग 41 पेज की पूरी पी है अगर इस पी को आपको लेना है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक्स पर क्लिक करके आप उसे जॉइन कर लीजिए वहाँ पर मैं ये पी आपको उपलब्ध करा दूँगा क्या फ्लेवर है क्या पूरा पैटर्न है यहाँ पे इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं अब मैं इस वीडियो में ये सारे पेजेस तो आपको पढ़ के दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जानकारी के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं अब ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि जिन कैंडिडेट्स को पता नहीं है नेश लेवल्स के बारे में उन्हें सभी को ये जानकारी हो जाए कि अब जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है वे किस पैटर्न के बेस पर तैयार किया जाएगा जिससे कि वे अपनी तैयारी अच्छी कर सकें